हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की एक प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना तो इंस्टाग्राम की क्या प्रॉब्लम है तो जब भी आप इंस्टाग्राम पे कोई रील वीडियो अपलोड करते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे ट्राई अगेन लिखा हुआ आता है तो इंस्टाग्राम पे एक ट्राई अगेन का एरर आ जाता है और आपकी रील वीडियो या फोटो पोस्ट नहीं हो पाती है तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेना है मतलब आपको अपना फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है और इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्रोफाइल वाले आइकन पर दबाना है उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर दबाना है उसके बाद में आपको पे सबसे ऊपर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर दबाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे हेल्प का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पर दबाना है उसके बाद आपको यहाँ रिपोर्ट प्रॉब्लम का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको इस पर दबाना है तो उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे तो इनमें से आपको रिपोर्टें प्रॉब्लम पर दबाना है। तो अब आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में लिखना है तो ये जो मैंने लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही सेम टू सेम आपको लिख देना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी गैलरी से लेकर यहाँ पे लगा सकते हैं ये जो मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप वहाँ से कॉपी कर सकते है उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको इस गैलरी वाले ऑप्शन पर दबाकर उस स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है जो प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो प्रॉब्लम वाला स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लगा देना है और ये जो मैंने लिखा हुआ है, same same, आपको ही लिख देना है। और उसके बाद ऑप्शन मिलता है तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर दबा देना है तो ये सबमिट करने के बाद आपको चौबीस ऐसी अड़तालीस घंटे वेट करना है ये सबमिट करने के बाद चौबीस ऐसी अड़तालीस घंटे बाद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा मतलब आपको ये जो ट्राई अगेन वाली प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सलूशन इंस्टाग्राम टीम की तरफ से आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा तो आपको 24 से 48 घंटे तक वेट कर लेना है आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप चाहें तो मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है